रे कंठे बेराज सार दा सो काट सबई कलेश महवे की चंडी का और मनिया देव मना गुरु गुर रख अमरा गुरु सो चरण सी से रे पी सोलाई दिया में तेल रे के नचवे आ गए मोह अगर की कले ही समरला और फतेह पुर जे जय सरकार रे और जनता को आशीर्वाद मिले हम आप दिवारी कब से मनाऊ लगे देखो अब के चौदह बरस बेता के बनने और राम अवद में आए रे और भैया भरत खबर है पाई सो फूले नहीं समाए रे एक खुशी मनाई पर तरजा जनने सभी के दिया जलाए रे लखन लाल संग सिया राम के दर्शन कर सुख पाए